रात्रि के दो बजे कुत्ते भोंकने की आवाज़ ने झकझोर दिया अक्सर दरवाजे पर आठ दस कुत्ते आकर भोंकते हैं जिससे नींद अनायास ही टूट जाती है सर्दियों की रात ऊपर से दिन भर के काम से थका हुआ शरीर फिर नींद में व्यवधान काटो तो खून निकले जैसी स्थिति हो जाती है कई बार रात्रि में उठकर कर शर्द रातों में कुत्ते भगाने के लिए जागना एक दुस्वप्न जैसा है होता है कल ही की घटना ले लीजिए रात्रि के दो बजे थे कि अचानक कुत्ते की आवाज़ ने नींद को तोड़ दिया रुआ से मन से गेट को खोला और डंडा उठाया जैसे ही गेट खोला नज़ारा देखकर होश होशी उड़ गए सामने के खाली मकान में कुत्ता गेट के नुकीले में फंसा हुआ था जब उसने मुझे देखा तो शांत हुआ मैंने जल्दी से पति को जगाया और हम दोनों ही बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे कुत्ते की ऐसी दयनीय स्थिति देखकर हम लोग एकदम काँप रहे थे कुत्ते के पास गए और उसे पुचकारा निकालने का प्रयास भी किया लेकिन वो इतनी बुरी तरह से फंसा हुआ था कि हम उसे निकालने में असमर्थ रहे वह दर्द से कराह रहा था हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें क्या ना करें वो बेजुबान मदद के लिए हमारी ओर बड़ी ही दयनीय स्थिति से निहार रहा था हमने पड़ोसियों को जगाने का प्रयास किया पर नींद का आखिरी पहर उन्हें अपने आगोश में समेटे हुए था बहुत बार चिल्लाने पर करीब एक घंटे के बाद पड़ोसी जाग गए और स्थिति देखकर सलाह मशवरा करने लगे राजू नाम के एक शख्स ने कुत्ते को निकालने में मदद की और पड़ोस के सुशील भाई ने कुत्ते की कमर में रस्सी बांधकर आगे की ओर खींचा और, और राजू ने उस खाली पड़े मकान के गेट पर चढ़कर उसे आखिर बड़ी मशक्क़त के बाद उस कुत्ते को निकाल लिया और उसे कष्ट से आजाद कर दिया जैसा कि जैसे ही वह छूटा कुत्ता बहुत तेजी से भागा भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी आज पूरा दिन वह कुत्ता शांत और बेसुत रहा सभी ने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि हे प्रभु एक बेजुबान की जान बख्सने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद